जब आप पक्का इरादा करते हैं और घर से निकलते हैं सोचते हैं वाकई कुछ करना है तभी भगवान साथ देता है जो घर में घुसे रहते हैं उनका भगवान कभी साथ नहीं देता